हेलो फ्रेंड्स मैं सचिन फ्रेंड्स आज हम देखेंगे कि लैपटॉप में काइनमास्टर को कैसे यूज़ करें फ्रेंड्स काइनमास्टर जो है यूट्यूब की वीडियो एडिटिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एप्लीकेशन है ऐप एप है इसको हम यूज़ करते हैं तो हम देखेंगे लैपटॉप में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले आप इसको डाउनलोड कर लेंगे डाउनलोड करने के बाद आप इसको अपने लैपटॉप में आपको इंस्टॉल करना होगा इसको इंस्टॉल करने के बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ से आपको ओपन करके दिखाता हूँ इस तरह से ये ओपन होके आएगा फ्रेंड्स जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको ब्लू स्टैप ऐप करके डाउनलोड करनी होगी वो जब आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी तो फिर आपका काइन मास्टर वहाँ पे वर्क कर सकता है तो फ्रेंड्स इसको हम कैसे यूज़ करेंगे जिस तरह से मोबाइल में आता है इसी तरह से लैपटॉप में आ रहा है ये न्यू प्रोजेक्ट करके आप न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ भी नाम देंगे वीडियो एडिटिंग ये नेम दे दिया फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सपेक्ट रेशियो आपको क्या रेशियो रखना है फ्रेंड्स ये 16.9 वाला जो रेशियो है ये लैपटॉप की स्क्रीन या डेस्कटॉप की स्क्रीन के लिए होता है ये 9 और 16 वाला ये लैपटॉप के लिए सॉरी ये मोबाइल के लिए वर्क करता है और ये 1 बाई 1 भी मोबाइल के लिए वर्क कर सकता है इसी तरह से और भी रेशो आते हैं आपको इनको देख के समझ में आ रहा होगा ये आपका मोबाइल के लिए मोस्टली ये, ये यूज़ होता है और लैपटॉप डेस्क के लिए ये वाला सिक्सटीन वाला यूज़ होता है अब आप क्रिएट पे क्लिक कर लेंगे क्रिएट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड इस तरह से आपकी स्किन आ जाएगी फ्रेंड जहाँ भी आपका वीडियो रखा है या ऑडियो रखा है जो भी है फ्रेंड सपोज आपका वीडियो ऑडियो यहाँ रखा हुआ है अब यहाँ से इनको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं यहाँ से माउस से सिलेक्ट करके आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं तो फाइल आपकी इंपोर्टेड हो जाएगी यहाँ पे फ़ाइल आपकी यहाँ पे आ जाएगी ठीक है अभी ब्रांड क्या करेंगे आप यहाँ पे आपकी ये फाइल्स आ गई हैं तो अभी हमको जैसे ये वाली हमने ये फाइल ले ली इस पर क्लिक किया तो ये आई अगर आपको उसको भी लेना है तो आप वो भी यहाँ पे इस तरह से क्लिक करके इसके आगे इस फाइल को आप ले सकते हैं ठीक है हमको यही लेनी थी तो हमने ये फाइल ले ली ठीक है अभी आपने यहाँ पर क्लिक कराइए इस पर फ्रेंड्स ये नीचे की तरफ ये वाला ऑप्शन है आपका इस पे एक बार क्लिक करा वो आपका वीडियो ऊपर पहुंच गई एक बार वो क्लिक करा ये नीचे आ गई ठीक है फ्रेंड्स अभी आपको क्या करना है माउस से लेफ्ट क्लिक करके आपको इसको वीडियो को ऐसे कर देना है पीछे की तरफ नीचे स्टार्टिंग से हम इसको कर लेते हैं ठीक है इसका स्टार्टिंग से आ गया अब फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ आपके सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं आप देख पा रहे होंगे ये फ्रेंड्स ये जो आ रहा ये लेयर मीडिया ये सब कहाँ से आए आपने ये नीचे से ये ये वाला ऑप्शन था एक बार क्लिक करा चला गया फिर एक बार और क्लिक करा ये दोबारा से आ गया ठीक है इस तरह से ही आ गया है आपका यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शन हैं लेयर्स मीडिया ऑडियो और रिकॉर्डिंग तो पहले लेयर्स में देखते हैं पहले तो हम यहाँ से वीडियो चला देखते हैं थोड़ा सा वीडियो चलाने के लिए ऐसे क्लिक करा आपने ये प्ले का बटन क्या तो ठीक है फ्रेंड्स इस तरह से आपके वीडियो यहाँ से रन हो रही है ठीक है पहले हम लेयर में जाके देखते हैं लेयर में जाएंगे फ्रेंड लेयर में आपके बहुत सारे ऑप्शन आते हैं जैसे इफेक्ट का भी ऑप्शन आ रहा है फ्रेंड इफेक्ट का ये ऑप्शन जो है आप इस पर गए बेसिक इफेक्ट बेसिक इफेक्ट पर जाके इनमें से आपने कोई साफेक्ट ले लिया सपोज आपने ये ले लिया फ्रेंड्स इस इफेक्ट का मीन्स ये है अगर आप इस इफेक्ट को यहाँ से ले लेते हो फ्रेंड्स आपने देखा होगा बहुत सी वीडियो होती हैं उसमें सपोज़ आप आधार कार्ड से रिलेटेड वीडियो बना रहे हो पैन कार्ड से रिलेटेड बना रहे हो तो आप उसमें अपना आधार नंबर को थोड़ा सा थोड़ा सा उसको ब्लर करना चाहते हो आधार नंबर को ब्लर करना चाहते हो या थोड़ा सा उसको जो है हाइट करना चाहते हो आधार कार्ड के नंबर को या पैन कार्ड के नंबर को तो फ्रेंड ये इस तरह से इफ़ेक्ट थे आप इसको कर सकते हो अब जितने पोर्शन को आपको करना है आप इस तरह से माउस को लेफ्ट क्लिक करके जहाँ पे आपको अप्लाई करना है आप वहाँ पे उतना उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो फ्रेंड उतना पोर्शन आपका हाइड हो जाएगा जितनी इंफॉर्मेशन हाइड करनी है ठीक है फ्रेंड इस तरह से इसको आप यूज़ करेंगे आ, इसी तरह से आपका फ्रेंड एक ऑप्शन आता है स्टीकर स्टिकर पे आप जाएंगे तो फ्रेंड आप इस क्लिक करेंगे आपको डिफरेंट टाइप के स्टिकर्स मिल जाएंगे आपको अपनी वीडियो पर कहीं स्टिकर लगाना है सपोज़ ये स्टिकर ले लिया आप ये चाह रहे हैं साइड में लगाना तो जो भी स्टिकर ले रहे तो आप उसको लगा सकते हैं आपको छोटा बड़ा करना है साइज़ तो माउस को लेफ्ट साइड से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स इस तरह से आपके स्टीकरस काम करेंगे इन पर आपको एनिमेशन लगाना है ये फ्रेंड स्टिकर कहाँ से आए थे आपके यहाँ से है ना स्टिकर पे क्लिक करके आपने यहाँ से स्टिकर सेलेक्ट कर दिए थे फिर आप बैग गए ठीक है अब यहाँ से इसमें और क्या ऑप्शन है आपके जैसे और ऑप्शन है फ्रेंड जैसे आपका टेक्स्ट आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है जैसे ये टैक्स दे दिया मैंने ठीक है फ्रेंड्स अब ये टैक्स आपको कितनी जगह तक लग दिखाना है मतलब ये मैंने दिखा दिया अब ये फ्रेंड्स ये टैक्स यहाँ पे आ गया पहले तो मैं इस टैक्स को सब ये ऊपर कर देता हूँ कि मुझे ऊपर दिखाना है बिल्कुल कि मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर ही टैक्स है और कितनी देर तक शो मतलब जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आप टैक्स दिखाना चाहते हैं तो कितनी देर तक वो टैक्स शो ऑफ हो आपकी वीडियो में आपकी शॉर्ट वीडियो है आप स्टार्टिंग में ऊपर उसमें आ, उसको शो ऑफ करना चाहते हैं कि किस चीज़ का वीडियो है क्योंकि शॉर्ट वीडियो में आप उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते कि आपका किस तरह का वीडियो है किस चीज़ का वीडियो तो आप ऊपर इस तरह से ये मेंटेन कर सकते हो और आपको कितनी देर तक तो दिखाना है वो आप मैनेज कर सकते हो अभी जैसे ये यह यहाँ तक आएगा यहाँ से शुरू के यहाँ तक आएगा आपको और ज़्यादा करना है आप और इनक्रीज़ कर सकते हो कम करना है तो कम कर सकते हो वो आप उसको एक बार रन करके देखते हैं अभी यहाँ पर ये हुआ इसको भी अगर आपको कोई जो है कलर देना है तो आप यहां से कोई कलर भी दे सकते हो अभी इसको हम थोड़ा यहां से रन करके देखते हैं चला कर देखते हैं ये इसको प्ले करके देखिए स्टार्टिंग से देखते हैं फ्रेंड ये पार्टी एर करके ऊपर की तरफ आया है और ये कब तक चलेगा फ्रेंड जब तक ये आपका येगा ठीक है फ्रेंड इस तरीके से ये आप इसको यूज़ कर सकते हो ठीक है इसी तरह से फ्रेंड्स और क्या ऑप्शन है आपके ये हैंड राइटिंग का है ये इतना यूज़ में नहीं है आप फ्रेंड्स इस तरह से आपका मीडिया का ऑप्शन है ऑडियो का ऑप्शन है ऑडियो का ऑप्शन है आपको कोई ऑडियो यूज़ करनी है बैकग्राउंड में तो फ्रेंड्स बहुत सारी ऑडियो आपकी कहीं मास्टर से ही मिलती हैं तो वो भी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं ठीक है हाँ उनके लिए आपको थोड़ा नेट की रिक्वायरमेंट होगी ठीक है तो इस तरह से आप ऑडियो को यूज कर सकते हैं ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग इसके थ्रू फ्रेंड्स आप भी कर सकते हैं जो भी आप वर्क कर रहे हैं वीडियो बना रहे हैं उसकी आप यहाँ से रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं ये आपका ऑप्शन कह रहा है अलाउ कान मास्टर भी आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं तो इस तरह से फ्रेंड इसमें आप ये करेंगे अभी अब जैसे मैं आपको चला कर दिखाता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है तो अब मैं फ्रेंड्स इसमें आपको एक मेन चीज बताता हूँ बहुत ही मेन चीज़ और बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली है फ्रेंड्स ध्यान से देखना फ्रेंड्स ये आपने वीडियो इस तरह से जो भी आपका वीडियो है आप इस तरह तो से, तो से उसको यूट्यूब पर जाएंगे इस तरह से अपने वीडियो को आप देखते हैं देखेंगे जहाँ भी फ्रेंड्स आपको लगता है आप अपने वीडियो को इस तरह से देखेंगे जहाँ भी आपको लगता है कि जहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक हुई है या फिर थोड़ा सा गलत बोला है या थोड़ा सा जो भी गलत बोला है उसको आपको स्प्लिट करना है तो फ्रेंड्स आप क्या करेंगे वीडियो आपका ऐसे वर्क कर रहा है तो यहाँ पे फ्रेंड्स जब आप स्टॉप कर लेंगे वीडियो को क्लिक करके आप स्टॉप कर लेंगे वीडियो जैसे ही आपका स्टॉप हो जाता है फ्रेंड्स उसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पे माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे यहाँ पर आपने स्टॉप करा है आप माउथ से लेफ्ट क्लिक कर देंगे लेफ्ट क्लिक करते फ्रेंड्स ये येलो कलर की लाइन पूरे पर सेलेक्ट हो जाएगी ठीक है येलो कलर की लाइन पूरे वीडियो पे सेलेक्ट हो जाएगी और फ्रेंड्स ये सेलेक्ट होते ही ऊपर की तरफ बीच में आपका सीजर कैंची का ऑप्शन आ रहा है आप उस पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे उस पर जाने के बाद फ्रेंड स्प्लिट का ऑप्शन है स्प्लिट करेंगे स्प्लिट मतलब बांटना बांटना उसके टुकड़े करना आप स्प्लिट करेंगे आप स्प्लिट पर आपने क्लिक करा यहाँ पर ये फ्रेंड इस तरह से ये ब्लैक कलर का ये लग आ गया ठीक है अभी आप फ्रेंड ऊपर से ही आप बैक जाएंगे एक बार और बैक जाएंगे अभी आप अभी बैक दो बार बैक चले गए अभी फ्रेंड्स आप यहां से इसको प्ले करेंगे ये साइड में क्लिक करते हैं तो सपोज़ एग्जाम्पल एक आपको सपोज़ आपको जो आपने अपनी वीडियो बनाई थी आपको लगा कि यहां तक ठीक नहीं है तो फ्रेंड्स आप फिर दोबारा से माउथ से लेफ्ट क्लिक कर देंगे फिर फ्रेंड्स ये आपका इतना सेलेक्ट हो गया सेलेक्ट होने के बाद फ्रेंड फिर दोबारा से आप स्प्लिट पे जाएंगे और स्प्लिट पे क्लिक करेंगे अब फ्रेंड आप ये देख रहे होंगे यहाँ से लेके इस प्लस से और इस माइनस तक ये पोर्शन इतना सेलेक्ट हो गया है अभी फ्रेंड्स आप फिर से बैक जाएंगे फिर बैक जाएंगे और फ्रेंड्स आप इतने पोर्शन को बीच के पोर्शन को माउथ से लेफ्ट क्लिक करेंगे एक बार जैसे ही आप लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स ये, ये येलो कलर की ये लाइन सेलेक्ट हो जाएगा इतना पोर्शन येलो कलर की लाइन से सिलेक्ट हुआ हुआ है मीन्स इतना ही आपका सिलेक्ट हुआ हुआ है और यही आपका स्प्लिट होगा मीन्स यहां से डिलीट हो जाएगा ये रिमूव हो जाएगा अब ये आपका सिलेक्ट हो गया फ्रेंड्स लेफ्ट साइड में आपका ही डिलीट का ऑप्शन आ गया फ्रेंड्स ये डिलीट पे क्लिक कर देंगे ये आपका डिलीट हो चुका है अभी आप अपने वीडियो को फिर सुनेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड जब आप ये मीन्स आपके यूट्यूब के जितने भी तो फ्रेंड्स वो ऑप्शन आपका वहाँ से डिलीट हो चुका है इस तरह से फ्रेंड्स आप डिलीट कर सकते हैं शॉर्ट वीडियो के लिए आप स्टार्टिंग में जो भी आपको टैग देना है आप वो टैग लगा सकते हैं कितनी देर तक वो आपको उसका टाइटल शो ऑफ करना है आप अपना टाइटल लगा सकते हैं ठीक है और इस तरह से इसमें वीडियो को एडिटिंग कर सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिए इससे रिलेटेड फ्रेंड्स कोई भी आपकी क्वेरी हो आप मेरे को कमेंट कीजिए मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू